गोल्डन वर्ड बाई साडे गुरुजी। जी डिस्कशन कर रब नहीं मिलता गुरुजी कहते हैं गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है उससे हम अपने भगवान प्राप्ति अपने लक्ष्य से चुक जाएंगे